ने सोते राम से कहना तुम्हें सीता बुलाती है तुम्हें सोते राम से कहना तुम्हें सीता बुलाती है ती है तुम्हें सी ता बुलाती है तुम्हें सी का बुलाती है तुम्हें सी ता बुलाती है सो मैंने सुनते राम से कहना तुम्हें सीता बुलाती है हम सीता मैया हनुमान से कहती है कि हनुमान जाके भगवान से संदेश कहना मेरा एक चिन्ह के रूप में पहचान के रूप में अपनी चूड़ा चूड़ामनी दे रही हैं कर रही है ये चूड़ामनी देना राम से जाके यू कहना ये चूड़ामनी जा के यू कहना राम से जाके यूँ कहना ये शीतल चंदा भी हमको ये जीतल चंदा भी हमको धनिक ना सुहाती है सुध राम से कहना तुम्हें सीता बुलाती है लिखा विधि ने ऐसा ले कल दुख पाई जीवन में आके ने ऐसा ले क लिखा सुख पाई जीवन में आके के के जाले में फंस करे विरहे के जाले में फंस करे यहाँ तने को जलाती राम से कहना तुम्हें सीता बुलाती है कहे सीता सुनो हनुमत सुनो कुछ ध्यान दे करके कहे सीता सुनो हनुमान सुनो कुछ ध्यान दे करके सुनो कुछ ध्यान दे करके नयने नयने जो की जो ने, ने जो भी जो मेरी राम की याद आती है तो मैंने तुझे राम से कहना तुम्हें सीता बुलाती है तुम्हें सीता, है तुम्हें, है। तुम्हें सीता बुलाती है तुम्हें सीता बुलाती है तुम्हें सीता बुलाती है तुम्हें सी बुलाती है तुम्हें सीता बुलाती है तुम्हें बुलाती <स्यों> ता बुलाती है पवन मैंने राम से कहना तुम्हें से ता बुलाती है पवन सोते राम से कहना तुम्हें से बुलाती है पवन सोते राम से कहना तुम्हें Time will come.